हेलो वाइस वेलकम बैक टू माई न्यूज यॉक तो वो आप तो सही हो मैं भी सही हूँ तो आज बड़ी बड़ी दीपावली बड़ी दीपावली है तो मैं अभी नहा के आ चुका हूँ तो अब मैं ये फूलों की माला बना रहा हूँ देख सकते हैं आप फूल इतने सारे हैं तो मैं आपको अब मिल रहा हूँ थोड़ी देर बाद फूलों की माला बनाने के बाद तो अब बना दी मैंने माला पूरी बहुत बड़ी बना रखी है तो मैं दिखाता हूँ आपको कितनी बड़ी बना रखी है माला तो ये देख सकते आप उससे कितनी बड़ी माला बना रखी है मैंने और कुछ फूल बचा भी, कुछ फूल बचा भी दिए क्योंकि रात में पूजा भी होती है तो हम आपको बाद में मिलते हैं तो अब बना दिया मैंने रंगोली बहुत देर लगी पर अच्छी बना रही है मैंने जितनी मर्जी बन बनी तो दिखाता तो हूँ मैं आपको कैसे मैंने बना रखी है मैंने देख सकते हैं आप तो देख लोगे आपने रंगोली मैंने बनाई खुद ही अपने हाथों से तो अब मैं यहाँ पे एपपन लगा रहा हूँ देख सकते हैं आप इसको कहते हैं ऐपन मुझे भी आधे चला पता इसको एपपन कहते हैं देख रहा इसमें तो गमी नहीं है ना वो निकालती नहीं को पेपर उसके अंदर से वो इसमें है ही नहीं मैं दिखाता हूं आपको को। कुछ है नहीं अब इसको हम गूंज से छिपाएंगे तो अब यहाँ पे मैं दिये को गीला कर रहा हूँ क्योंकि दियो को गीले इसीलिए करते हैं क्योंकि जब दिए गीले रहते हैं तो कम इस से पानी से दिए गीले हैं तो उसके बाद वो तो कम तेल मतलब कम तेल डालने के अंदर देर तक दल जाते हैं बस तो दिखाता तो हूँ आप तो दिया गीले करने के बाद उनको थोड़ी देर बाद उस पानी में रखते हैं और उसके बाद उनको सुखा देते हैं क्योंकि तब उसके बाद जैसे सुखा दिया हमने तो उसके बाद तेल को कम चूसते हैं बस अब तो सब जगह लगा दिए मैंने प्ल्स तो अब थोड़ी देर बाद जाऊंगा मैं राम रामलीला वहां पे पटाखों की दुकान लग है तो मैं आप सबको दिखाऊँ क्या क्या लग रही है क्या क्या मिल रहा है दुकानों में और कितनी तिक, सारी दुकान लग रही है तो अब जान लग गया हूँ मैं रामलीला की ओर वहाँ पे दुकान लगी हैं तो मैं आपको रामलीला मिलता हूँ तो अब तो पहुँच चुका हूँ मैं रामली ग्राउंड में तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कैसी दुकानें लगी हैं तो पहुँच गया तो मैं दिखाता हूँ आपको सारी दुकाने लगी हैं ग्राउंड से तो आपने देख ली होंगे दुकानें जैसे अभी तो कम हो भीड़ हो रखी थी अब होगी भीड़ या तो पहले लोग ले, ले मतलब पहले लोगों ने ले होगा सामान पहले लोगों ने ले लिया होंगे पता कि तो आज वैसे तो भी दीपावली आज तो सब लोग अपने घर में ही होंगे तो अब थोड़ी देर थोड़ी देर बाद होने वाली है आरती शुरू तब तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर बाद आरती में तो देख लेंगे तो गाइस अभी हमने दी जला दिए हैं तो अब आरती शुरू होने वाली है देख लिए उनके आपने कितने सारे दीये जला रखे हैं हमने तो अब आरती शुरू होने वाली है अभी तो आठ अब आरती हो चुकी है तो अब हमने दिए रख दिए रख दिए हैं बाहर में दिखा तो मैं आपको देख सकते हैं आप एक दिया यहाँ पे और एक वहाँ पर भी आगे में भी है और एक यहाँ ऊपर में भी है तो दिए तो हमने रख लिए हैं अब हम थोड़ी देर बाद छत में भी जाएंगे तब हम आपको छत से दिखाएंगे कैसे है तो मिलते हैं आपको छत में तो मिलते अब जान लग गए हम छत में तो छत तुम्हारी बहुत उम्र है तो मैं पटाके लेके आता हूँ लेने जा रहा हूँ कमरे में तो अब दिखा दे आपको थोड़ा फ्लैश खोलना पड़ेगा अगर थोड़ा बल आ रही होगी तो मेरी कोई गलती नहीं है ऐसे अंदर लगाते की बाराते हूँ दूरी की नब सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रोशनी की चादर उर् दीपावली आई दीपावली गली गली बन के खुशी छाइर रोशनी की चादर उर् दीपावली आई आज अपने भाग हम सवार आग में बुराई को जलाए ओ, अब की याद सभी। ओ, अपना हो जुए की चाहते कभी आ, यही देती संदेशा दीपावली गली गली के भी खुशी लाजवाड़ा नीचा दर ओढ़ी दीपावली देशा